तेरी यादों में लिखे जो लफ्स देते हैं है है क्यों हुए ऐसे जुदा खुदा खुदा मिला तो ये पासला है खुदा तेरा ही ये फैसला है खुदा होना था बो हो गया जो तूने